कुत्ते पीठ पीछे भोक गोंड तक के जोर लगा के और जो सामने भों के तो बहेड़ चौध गोंड फाड़ देंगे सरकारी मोहर लगा के छोटा कर दीजी पत्ती